Subscribe, subscribe and click the and bell like icon on the youtube app, YouTube app. doing like it kaise rahega woh kon hai woh a boyfriend when he woke up i waiting for welcome so jaldi aana hai mere ko lekar jaana hai rmr mr mr rmr mr mr नो कभी भी मिल नहीं पाएंगे लेकिन इस जगह मेरे संग में दोनों प्यार में तो डूबे हैं मैं कब डूबूंगी प्यार में इस पल में ये में वहरे देख रहे हैं। कौन है वो आंखों रही है, कौन है वो? शासों ने सोचे है कब आरेगा कैसा रहेगा वो कौन है वो है जगह मेरे संग में तुमसे मुझको नहीं बुला